ऐसे ही ताले में बंद रही तो तेरा वहाँ का दरवाजा भी बंद हो जाएगा समझ रहा। समझ रहे हो? वही तो अंदर से ना आग निकल रही है। और अभी तो रुको सभी और तू और मत जला हाँ जल्दी से ना चुकाई करने कोई उपाय ढूंढ कर अभी मजा आएगा ना। तो रहे हैं तेरे माँ बाप तेरी शादी हाँ।, हाँ तब तक इस उंगली का ही तो सहारा है मरना क्या पोसड़ी के देख क्या रही है तू भी मसले